झूले पर मैं झूलूंगा आज लगा दे झूला इस झूले पर मैं झूलूंगा इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा इस पर चढ़कर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 पर